असलम वाट इज़ डाटा साइंस डाटा साइंस क्या है अपने लफ्जों में बताऊँगा वाट इज़ डाटा साइंस साइंस माई नेम इजैन वेलकम है आपको टेकबावेल YouTube चैनल के अंदर मैंने डाटा साइंस कहाँ से सीखी मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने प्रोफेशनल में डाटा साइंस के अंदर हूँ या मैं ये नहीं कह रहा कि मैं एक प्रोफेशनल टीचर हूँ या एक प्रोफेशनल स्टूडेंट हूँ नहीं मैं एक साधा और सिंपल सा स्टूडेंट हूँ जो कि लर्निंग करता रहता है जिसको लर्निंग का बहुत शौक़ है और लर्निंग किसी भी चीज़ की हो मैं उसे छोड़ता नहीं हूँ अपने चैनल पर एक मिशन लेकर चला था कि आईटी के अंदर कोई भी चीज़ हो उसको मैं कवर अप करूँ तो इसी चीज़ को लेते हुए मैंने पाँच साल स्पेंड किए इंटरनेट के ऊपर और चीज़ें सीखता गया जो जो जिस जिस ट्रेंड को मुझे पता चलता गया उसके रिलेटेड में वो चीज़ें सीखता गया लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके कुछ सर्टिफिकेट आपको ज़रूर चाहिए होते हैं या डिग्री चाहिए होती है तो उस डिग्री तो मेरे पास नहीं थी जाहिर है तो मैंने अप्रोच किया सर्टिफिकेट को तो डाटा साइंस मैंने कहाँ से सीखी तो सोलो लर्न एक वेबसाइट है एंड ग्रेट लर्निंग फ्री में सीख सकते हो डाटा साइंस एंड सारे कोर्सेज लेकिन जो सोलो लर्न है वो एक वेबसाइट है जहाँ पर आपको डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में कोर्स करवाए जाते हैं वो, वो भी प्रैक्टिकल आप लोग इसे ऐसा समझने ये आर्टिकल की सूरत में होते हैं इंट्रोडक्शन प्रूफ के तौर पर लिंकड के ऊपर जाकर टेक अबाबील को सर्च कर सकते हो और वहाँ पर आपको मेरी प्रोफाइल नजर आएगी वहां पर कुछ सर्टिफिकेट मैंने ऐड किए होंगे आप लोग उसको देख सकते हो जैन आवार के नाम से ये तो हो गया मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन अभी इस बंदे को डाटा साइंस के कुछ ना कुछ नॉलेज है कुछ ना कुछ पता है तो अब बात करते हैं वॉट इज डाटा साइंस अब डाटा साइंस को समझना क्यों जरूरी है अगर मैं आपको अपने लफ्ज़ों में बताऊं तो डेटा साइंस इज़ नथिंग बट आप अपने हर तरफ जो भी देखते हो अपनी ज़िंदगी के अंदर आप अपनी रियल लाइफ के अंदर देखते हो आप अपने मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हो रेडियो हो चाहे चाहे वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो या या वो कोई सैटेलाइट हो या आसमान के अंदर तारें हों सारा का सारा डाटा है दुनिया में कोई भी चीज़ है ना वो सारा का सारा डाटा है इवन हमारी जो कायनत है ये भी एक बहुत बड़ा डाटा है क्योंकि हम लोग बात करते हैं हार्ड ड्राइव की हार्ड डिस्क की या बड़े बड़े सर्वर्स की जो टाटा मेगाबाइट इवन के सौन बहुत ज़्यादा होते हैं कहते हैं ना सुपर कंप्यूटर तो सुपर कंप्यूटर से भी फास्ट कम्प्यूटर हम लोग इसे कह सकते हैं कि यहाँ पर जहाँ हम अपना डाटा को स्टोर करते हैं और कुदरत के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जिनको अभी तक साइंस दरियाफ़त नहीं कर पाई है अब जहाँ पर साइंस की बात आई है तो डेटा साइंस तो इसके साथ जुड़ता है साइंस अब साइंस किस लिए जुड़ता है डाटा के साथ क्योंकि हम लोगों ने डेटा समझा कि दुनिया में कोई भी चीज़ है वो वो क्या है एक डेटा है तो साइंस इसके साथ क्यों जुड़ गई तो साइंस इसलिए जुड़ी कि उस चीज़ का हम मुशाह करते हैं क्या करते हैं मुशादा कि कोई भी चीज़ जिसको हम लोग डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से वो चीज़ हम लोग बना सकें या उससे कुछ नई प्रडिक्शन निकाल सकें या उससे कोई नया आउटपुट निकाल सकें तो उसे हम लोग कह देते हैं साइंस कि भाई ये साइंस है हम लोगों ने ये फार्मूला लगाया x इज इक्वल टू वाई इसका आउटपुट ये आया तो आपको समझ आ गई कि, कि कोई भी चीज़ डाटा है और अगर एक्सपेरिमेंट करें उसके ऊपर तो वो क्या है साइंस है तो इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ दें तो बन जाता है डेटा साइंस ये तो हो गया हमारा डेटा साइंस व्हाट इज़ डेटा साइंस तो अब डेटा साइंस की कुछ एग्जांपल मैं आपको दूंगा अगर आप लोग डिजिटल मार्केटर हो या एक यूट्यूबर हो तो भी आपको ये वीडियो देखनी चाहिए अब कोई भी एस एक्सपर्ट है या एक डिजिटल मार्केटर है या उसने कोई वेबसाइट बनाई हुई है या वो एक नॉर्मल यूज़र है उसको भी इसके बारे में पता होना चाहिए अब आप लोग YouTube के ऊपर Google के ऊपर Bing या Amazon के ऊपर कोई प्रोडक्ट सर्च करते हो ईवन कि आप तो YouTube के ऊपर भी प्रोडक्ट सेलिंग का ऑप्शन आ गया है तो आप लोग कोई भी प्रोडक्ट सर्च करते हो या फिर आप लोग कोई भी वीडियो सर्च करते हो कि मान लो कि मैंने सर्च किया टेक अबाबिल डिजिटल मार्किटिंग अब मैंने टैक अबाविल डिजिटल मार्किटिंग सर्च किया तो क्या ये मेरे पास ऑप्शन आएगा जी हाँ क्योंकि जब हम लोग सर्च करते हैं ना टैक अबाविल डिजिटल मार्किटिंग तो अगर टेक अबाबिल ये तो एक चैनल है इसने कोई वीडियो बनाई हुई या कोई प्लेलिस्ट बनाई हुई तो टेक अबाबिल डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड जितनी भी वीडियोस होंगी वो मेरे सामने आ जाएंगी अगर आपको ऐसे नहीं समझ आई तो मैं आपको नॉर्मल लफाजों में समझाता आता हूँ बहुत ही इजी करता आप लोग जो यंगेस्ट हैं वो सर्च करते हैं हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन ऐज अ स्टूडेंट या एज अ टीन हम लोग बहुत ज़्यादा सर्च करते हैं क्योंकि टीन को बहुत जल्दी होती है कि वो पैसे कर, वो पैसे कैसे कमाए तो हम लोग एक कीवर्ड सर्च करते हैं हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन एज अ स्टूडेंट तो मेरे सामने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस आई क्या आप मुझे बता सकते हैं ये वीडियो कौन सी है नहीं है ना मैं आपको बताता हूँ ये वीडियोज़ मैंने सर्च किया हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन एज अ स्टूडेंट तो आप लोगों ने यहाँ पर देखा मेरे पास कौन सी वीडियो वीडियोस आई पाकिस्तानी वीडियोस आई और कुछ इंडियन वीडियोस भी रेकमेंड हो गई होंगी क्योंकि यहाँ पर जो जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इसे मैं एज आ एक्सपीरियंस लेकर चल रहा हूँ कि मुझे इसका एक्सपीरियंस है मैंने ये गिवर्ड सर्च किया है और मेरे सामने ये रिज़ल्ट आया है अब जब मैं इसके आप इसके इलाहदा इसक्रीन रिकॉर्डिंग बनाऊँगा तब ये आप लोग देख सकोगे तब मुझे पता चलेगा वाकई ये क्या ये ऐसा ही था लेकिन मैं मान चल रहा हूँ कि कुछ इंडियन वीडियोज़ आई कुछ मुझे इंग्लिश की वीडियो देखने को मिली और कुछ पाकिस्तानी वीडियोस देखने को मिली लेकिन हैरत है कि पाकिस्तानी वीडियोस मुझे ज़्यादा देखने को मिल रही हैं क्यों मैंने सर्च किया हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन एज ए स्टूडेंट तो क्या हो रहा है कि पाकिस्तान के अंदर क्योंकि जहाँ पर मैं बैठा हूँ ना जिस लोकेशन के ऊपर बैठा हूँ वह है पाकिस्तान तो पाकिस्तान के हिसाब से ये मुझे की मुझे वीडियो रेकमेंड हो रही हैं मेरे कीवर्ड के हिसाब से लेकिन यही चीज़ अगर मैं इंडिया के अंदर सर्च करता तो मुझे वहाँ उस सिचुएशन के हिसाब से वीडियोस शो होनी थी लेकिन एक और ट्विस्ट की बात यह है कि ये वो वाली वीडियोस हैं जिनको ऑडियंस ने बहुत प्यार दिया है मतलब लोगों ने इसे बहुत देखा है या हो सकता है कि अगर ये कोई वीडियो आठ मिनट की है तो उस वीडियो को सात मिनट तक देखा गया हो YouTube कहता है कि अगर आप लोग किसी वीडियो को पूरा देखते हो तो उसके चांसेस ऊपर आने के बढ़ जाते हैं क्योंकि वाच टाइम बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है किसी भी वीडियो को रैंक करवाने के लिए इसके बाद जो हमारे कीवर्ड्स होते हैं वो भी डिपेंड करते हैं अब ये तो आप लोगों ने समझ लिया कि ये तो अगर मैं पाकिस्तान के अंदर बैठा हूँ मैं पाकिस्तान के अंदर बैठा हूँ तो इसने उस सिचुएशन के हिसाब से मुझे वीडियो रेकमेंड की अगर मैं इंडिया के अंदर बैठा होता तो इसने मुझे उस सिचुएशन के हिसाब से वीडियो रेकमेंड की तो ये जितनी भी वीडियो मुझे रेकमेंड हुई है क्या आपको पता है ये कौन कर रहा है ये कर रहा है एक डाटा साइंटिस्ट जी हाँ ये सारा का सारा रोल कर रहा है एक डाटा साइंटिस्ट ये है डाटा साइंटिस्ट का काम कि का का वो एनालाइज करता है वो देखते हैं हाँ मैं ये नहीं कह रहा कि ये खाली डाटा साइंटिस्ट कर है नहीं इसके अंदर मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग के कुछ एलोग्रिथम भी लगे होते हैं अब ये एलगोरिथम्स क्या होते हैं इनको मैं किसी और वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूँगा अगर आपको कोर्स चाहिए ये एक कंप्लीट डेटा साइंस के ऊपर एक ओवरव्यू कोर्स या कोई ऐसा कोर्स जहाँ पर डेटा साइंस की कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट की गई हों वो दिखाई जाए तो मैं ज़रूर बनाऊँगा अगर आपको चाहिए या अगर आपको कंप्लीट डेटा साइंस सीखनी है तो इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि हाउ टू लर्न डाटा साइंस तो आप लोग सर्च कर सकते हो डाटा साइंस टेक अब आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी तो ये तो था हमारा छोटा छोटा इंट्रोडक्शन अबाउट डाटा साइंस क्या होती है किस लिए होती है लेकिन बहुत सारे दोस्त कहेंगे कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो अगर तुम्हें इतना ही नॉलेज है इतने तुम ज्ञान के पुजारी हो इतना ही तुम्हें आता है तो कहीं जाकर काम क्यों नहीं करते हो कहीं जाकर बिजनेस क्यों नहीं करते हो अपना तो मैं आपको बता दूं कि आई नो कि मुझे इतना आता है लाइक like, मैं किसी भी चीज़ को अगर देखूँ ना तो उसके अंदर उस कोर को इतना तो समझ सकता हूँ कि उस कोड के अंदर क्या लिखा हुआ है कि वो कोड क्या कहना चाहता है इतना तो मैं समझ ही सकता हूँ लेकिन अगर इसके ऊपर मैं थोड़ी सी और मेहनत करूँ तो मैं उसके अंदर मज़ीद बेस्ट हो सकता हूँ लेकिन मैं क्या करता हूँ कि चीज़ों को समझता हूँ उनके बेसिक्स को और बाद में जो चीज़ें होती हैं ना जिसे हम लोग एक्सपीरियंस कहते हैं वो वक्त के साथ आता है तो इसलिए मैं ज़्यादातर अप्रोच लेता हूँ मल्टी अप्रोच कि अगर एक चीज़ सीखी है तो अगर मैंने कोई दूसरी वीडियो देखनी है क्यों ना मैं कुछ ऐसा सीखूं जो मेरे लिए और दूसरों के लिए हेल्पफुल हो तब बहुत सारे दोस्त ये भी सोच रहे होंगे कि तुम कोई ऑनलाइन कोर्स क्यों नहीं करवा कर देते भाई मैंने ट्यूटर आवा के नाम से एक चैनल खोला हुआ है जहाँ पर मैं जितना मुझे आता है मैं अपने लफ्सों के अंदर एक्सप्लन करने की कोशिश करता हूँ आहिस्ता आहिस्ता जब हम लोग हमारा चैनल ग्रो होता जाएगा तो यहाँ पर मैं अकेला नहीं रहने वाला आहिस्ता आहिस्ता हम लोग टीम भी लेकर आने वाले हैं ये चैनल आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं इसके ऊपर तो मैंने आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन बताया अबाउट डाटा साइंस लेकिन डाटा साइंस के अंदर भी बहुत ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं ये डाटा साइंस कोई छोटी बला नहीं है डाटा साइंस एक बहुत बड़ी बला है इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखनी पड़ती हैं लेकिन इतनी मुश्किल भी नहीं है ईज़ी टू यूज़ है तो बहुत सारे दोस्त सोच रहे होंगे कि हम डाटा साइंस सीखना चाहते हैं हम शुरुआत कहाँ से करें तो इसका जो मैं आपको अगर इसकी अप्रोच मैं आपको बताऊं सबसे पहले आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए अगर मैं आपको अपनी राय बताऊं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप आठ साल के हैं सोलह साल के हैं पचास साल के हैं अस्सी साल के हैं या आप लोग तीस साल के हैं या आप लोग कॉलेज ग्रेजुएट हैं ग्रेजुएट नहीं है आप टीचर हैं डॉक्टर हैं कोई भी हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप लोग आपका तलुक कहीं से भी है मतलब आप किसी भी फील्ड से तल्लु रखते हो सिविल इंजीनियर मेडिकल एंड साइंस फ्री लासरों कोई फर्क नहीं पड़ता बहुत ज़्यादा जो फ्रीलांसर होते हैं मैं उनको उनकी जो वीकनेस है मैं यहाँ पर जाहिर करना चाहूँगा वो क्या करते हैं कि यार ये कोर्स कर लो इस ऐप से इतने पैसे कमाओ तो देखना तुम वहाँ करोड़पति बन जाओगे भाई करोड़पति बन जाओगे तो बनेगी ऊँ नहीं मैं अगर आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं, मैंने जब स्टार्टिंग की थी अल्हम्दुलिल्लाह मैं इन चक्रों में नहीं पड़ा लेकिन आपको पता है कि जब लत लगती है तो कम रुकते हैं हम लोग मैं भी इस चीज़ के अंदर आया लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे बचाया इस चीज़ से कैसे कि मैं ज़्यादा देर नहीं रहा यहाँ आलमोस्ट दस दिन दस दिन के बाद मुझे सारा क्लियर पता चल गया ये तो सारा का सारा फ्रॉड है ये तो सारी ये सारी की सारी चीज़ें बेकार हैं अब आप लोगों को लग रहा होगा कि ये दस दिन नहीं भाई दस दिन के अंदर जो मैं टाइम देता था वो आठ घंटे होता था एक दिन के अंदर आठ घंटे किसी भी चीज़ को सीखना या कि कोई भी कोर्स देखना क्योंकि मेरा जो ज़्यादातर मेरे पास सिर्फ मोबाइल होता था उस वक्त और मैं वो क्या करता कि मोबाइल से जो भी कोर्स देखने को मिलता मैं आठ घंटे का कोर्स दस घंटे का कोर्स छः घंटे का कोर्स दो घंटे का कोर्स डाउनलोड कर लेता उसको देखना स्टार्ट कर देता जब मैं देखता जाता देखता जाता क्योंकि अब मुझे कोई टेंशन तो है नहीं मैंने तो सिर्फ कोर्स देखना है मेरी इन्वेस्टमेंट भी नहीं हो रही तो मैं उनको देखता जाता तो मुझे उस चीज़ के बारे में उतना एक्सपीरियंस हो जाता जितना होना चाहिए था लेकिन यहाँ पर अगर टाइम देखो तो पाँच साल मतलब पाँच साल दिए हैं चीज़ों को या फिर आई को समझने के लिए यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ छोटी किसी पर्टिकुलर चीज़ के अंदर हाँ ऐसा हो सकता था कि मैं किसी चीज़ को पकड़ लेता उसके अंदर एक्सपर्ट हो जाता लेकिन आई हैव आ मैनी आइडियाज़ मैं बहुत सारे आइडियाज़ रखता हूँ कि मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ जो मेरे लिए और दूसरों के लिए हेल्पफुल होगा तो मैं उस चीज़ के ऊपर काम कर आ, करना चाहता हूँ और इवन इसके लिए अब मुझे लाहौर जाना पड़ेगा जिससे मैं वो सब चीज़ें सीखूँगा जो लाइक जो मैंने सीखा है उसको प्रैक्टिकल करूँगा वहाँ पर जो एक रेल इंडस्ट्री के अंदर या एक रियल जिस हम लोग कहते हैं ना लोगों के साथ जुड़कर काम करते हैं दूसरों के साथ मिलकर काम करते हैं ना तो उसका अपना ही मज़ा होता है ऑफलाइन मार्केटिंग के अंदर या किसी कंपनी के अंदर या किसी में रियल एक्सपीरियंस पता चलता है कि अब कितने पानी में हो तो इसलिए मैं ये नहीं कह रहा मैं ये मैंने शुरू में ये दावा भी नहीं किया कि मैं किसी चीज़ का एक्सपर्ट हूँ हाँ मैंने इतना ज़रूर कहा है कि उस चीज़ की मुझे नॉलेज ज़रूर है उस चीज़ के बारे में मुझे पता है तो अब बात करते हैं कि आपने डेटा साइंस सीखनी कहाँ से है मतलब क्या रोड मैप हो सकता है डेटा साइंस का तो मैं आपको सबसे पहले छोटा शुरू से लेकर चलूँगा आपको सीखनी पड़ेगी एक लैंग्वेज लैंग्वेज हमारे पास तीन ऐसी लैंग्वेज हैं जिनका आप लोग यूज़ कर सकते हो वैसे तो बहुत सारी हैं लेकिन तीन लैंग्वेज मैंने सामने रखी हैं एक है हमारे पास पाइथन सेकेंड हमारे पास आर तीसरी हमारे पास जावा इन तीनों में से आप लोग कोई भी चूज़ कर सकते हो जो मेरी रिकमेंडेशन होगी वो पाइथन या आर आप इन दोनों में से कोई भी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो और अगर हम लोग इंडस्ट्री की बात करें इंडस्ट्री में यूज़ होती है पाइथन और आर सबसे ज़्यादा अब पाइथन दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली लैंग्वेज है और ये आर्टिफिशल इंटेलिजेंस की वजह से ज़्यादा पॉपुलर हुई तो आप लोग पाइथन से शुरुआत कर सकते हो ज़रूरी नहीं है कि आपने पाइथन के एक्सपर्ट बनना है आप पाइथन को दो महीने दे, दो महीने के मैं ये मानकर चल रहा हूँ दो महीने में आप लोग छः घंटे दोगे इसलिए दो महीने दो महीनों में छः घंटे अगर आप लोग देते हो तो आप लोग पाइथन इतनी ज़्यादा सीख जाओगे कि आप लोग पाइथन के अंदर डाटा साइंस कर सकोगे अब दो महीने बहुत ज़्यादा टाइम है तो आप लोग इसे कम कर सकते हो कम इसलिए कि आप आठ घंटे दो मेरी तरह मैं अगर आपको लग रहा होगा कि मैंने पाँच साल आठ आठ घंटे दिए नहीं मुझे जब टाइम मिलता अब हफ्ते के अंदर मुझे तीन से चार दिन ऐसे में देखने को मिल जाते कि मैं आठ घंटे दे लेता वो रात के आठ घंटे हुआ करते थे मैं आपको बता दूँ वो रात के आठ घंटे हुआ करते थे रात को मैं चीज़ें देखता दिन के वक्त नहीं क्योंकि दिन के वक्त कुछ समझ ही नहीं आती इसलिए रात को मैं टाइम देता था ये भी बता दूँ आपको अगर आप लोग रात को टाइम दोगे तो आठ घंटे दे सकते हो दिन को सो लिया रात को टाइम दे दिया अगर आप लोग ज़्यादा ही बिज़ी हो तो आप लोग दिन के तीन घंटे दे सकते हो या आप लोग वक्फे वकफ़े से चीज़ों आ, पाइथन लैंग्वेज को सीख सकते हो वक्फे वक़े से ऐसे कि अगर आप लोग एक स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट लाइफ भी एंजॉय करें और साथ साथ आधा घंटा दस मिनट यूट्यूब के जो टूटोरियल हैं उसको सीखने में दे दो जो आप लोग गेमिंग खेलते हो या फिल्म ड्रामे देखते हो वो टाइम आप लोग पाइथन को दें जब आप लोग पाइथन को टाइम दोगे तो आप लोग इजीली तीन महीनों के अंदर पाइथन इतनी सीख जाओगे कि आप पाइथन के अंदर छोटे मोटे प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट कर दोगे लाइक एक छोटा सा कैलकुलेटर बना लिया इनपुट आउटपुट हो गया या आप लोग खुद से लॉजिक लगाना स्टार्ट कर दोगे इतना मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ अभी तक मैंने मुझे डेढ़ साल होने वाला है पाइथन सीखे लेकिन मैं खुद से लॉजिक नहीं बना सकता अभी तक क्यों क्योंकि मैं उतनी ही सीखता जितनी मुझे जरूरत है बात करते हैं कि एक लैंग्वेज तो आप लोगों ने सीख ली तो इसका फ़ायदा क्या ये है मैं फ़ायदा यह है पाइथन के अंदर बहुत ज़्यादा लाइब्रेरीज हैं अब कौन सी ऐसी लाइब्रेरीज हैं जिनको आपको यूज़ करना चाहिए पाइथन के अंदर कुछ लाइब्रेरीज़ के मैं आपको नाम बता दूँ नम पाई नम कंप्यूटिंग साईफाई सी बोर्न मेट एंड इसके बाद सी इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा लाइब्रेरीज़ हैं लाइक टेंसर फ्लो इसके बाद हमारे पास है पाएटॉर्च ये कुछ ऐसी बड़ी लाइब्रेरीज जिनके बारे में मैंने आपको बताया ये प्रोफेशनल यूज़ करते हैं बट डोंट वरी आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत बड़ी हैं हाँ ये वाकई में बड़ी है लेकिन मजे की बात ये है कि इनको आप लोग ऑटोमेट कर सकते हो पाइथन के अंदर कुछ ऐसी लाइब्रेरीज हैं जहाँ पर आप अपना डाटा साइंस का जो वर्क फ्लो है उसे ऑटोमेट कर सकते हो मतलब कुछ कॉमन चीज़ें होती हैं डाटा साइंस के अंदर जिस जिनको आप लोग ऑटोमेट कर सकते हो लाइक क्लासिफिकेशन हो गया नरिकल कंप्यूटिंग हो गया तो ये कुछ मैंने आपको बताई हैं इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा होती हैं तो इन वर, इस छोटे से वर्क फ्लो को आप लोग फॉलो करें अब डाटा साइंस की टाइप्स कितनी है ये तो बताना भूल ही गया तो मैं आपको छोटी सी बता देता हूँ कि डाटा साइंस की तो वैसे तो बहुत ज़्यादा ब्रांच है लेकिन डाटा साइंस की जो मेजरली ब्रांच निकल कर आती है वह है डाटा साइंस मतलब डाटा एनालिटिक्स मशीन लर्निंग डीप लर्निंग एंड डाटा एनालिस एनालिटिक्स या एनालिटिक्स मेरे थोड़े से स्पेलिंग मिस्टेक सॉरी लेकिन ये तीन ब्रांच मैंने आपको बताई इसके बाद एनएलपी के ऊपर भी काम हो रहा है तो आप लोग उसको भी देख सकते हो अब ये कंपनी टू कंपनी वैरी करेगा कि आपको क्या चीज़ देखने को मिलनी है कि मतलब आप लोग आप लोग क्या काम करोगे क्या आप लोग किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जा रहे हो या आप लोग किसी सर्विस बेस्ड कंपनी में जा रहे हो अब ये आपके ऊपर होगा कि आप कौन सी कंपनी चूज करते हो और अगर आपने कोई डिमांड बना ही लिया कि सर्विस बेस्ड कंपनी में जाना है तो उसके हिसाब से आपको स्टडी करनी पड़ेगी और अगर आप लोगों ने प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाना है तो आपको उस हिसाब से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तो ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड होगा मैंने आपको बता दिया व्हाट इज़ डेटा साइंस रोड मैप ऑफ डाटा साइंस थोड़ा सा मैंने आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दिया मैंने कैसे सीखी या मैंने कैसे थोड़ी सी अप्रोच लगाई कि किस तरह से थोड़े से नॉलेज को गेन कर सकूं अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर लें चैनल को सब्सक्राइब कर लें थैंक्स फॉर वाचिंग